नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो जान चुके हैं कि बाल शरीर के अंगों तो का संचालन कैसे करना है हाथ पैर के चलाना है हाथ और हाथ में नियंत्रण कैसे रखना है सामंज कैसे करना है दौड़ना कैसे चलना कैसे शरीर की वृद्धि कैसे और दूसरा ऐसे साथ हुआ है कि हमारे आस पास का जो परिवेश है उस पर हम कैसे नियंत्रण कर पाते हैं? अब घर का दरवाजा है तो उसमें हम खोल पा रहे हैं कि नहीं घर के सामने कोई गड्ढा है रोड पर गड्ढा है उसको कैसे पार करना है उसको कैसे मरम्मत करना है अगर सर्दी ज़्यादा है तो उससे बचने के लिए उपाय कर रहे तो ये सारी चीजें भी हैं अपने आस के परिवेश को नियंत्रित करना है। एक विकास करना और दूसरा अपने शरीर के अंदर को नियंत्रित करना ये दोनों चीज़ों को हम लोग अलग अलग दूसरा था सात आठ पक्ष लेकर उस के उसके बाद सामाजिक नहीं हो जाता समय के साथ जिस अतर पर बच्चा है हम दो साल के बच्चा को तो बता सकते उसमें एकदम ईमानदारी धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है वो तो अपनी चीजों को दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करता है तो नैतिक विकास जिस उम्र का बच्चा है उसके अनुसार अपेक्षा करना हो ये सारे बच्चों पर हम लोग आगे बात करेंगे उसके बाद विकास परिवार संवेगात्मक तो विकास है कैसे अपने संवेगों पर संवेगों तो का विकास बच्चों में कैसे धीरे धीरे और उसके तो, तो आज हम लोग बात करेंगे शारीरिक विकास उसका का विकास तो तो so, उसका हाथ जन्म के बाद दो वर्ष तक बच्चा का वृद्धि बहुत दिन कुछ बच्चे में अंतर रहा है लेकिन फिर छह से दस वर्ष तक क्या होता है उसके शरीर का का का बढ़ने बढ़ने का, उसकी लंबाई उसके था था था था था है। के बीच और भी कम हो जाती है दो साल की अपेक्षा क्या हो जाता है कम दो से वर्ष के बीच छो का जो बढ़ना लेकिन 6 से दस जब आता है तो और भी कम हो जाए और भी धीरे धीरे दस से चौदह वर्ष के लड़कियों में वृद्धि करती हो जाए छोद्धि क्या होता है सबसे कम होता है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन 10 से चौदह के बीच में लड़कियाँ जो तो है सो फिर तेजी से बढ़ती रहती है देखते होंगे चौदह वर्ष का आता है लड़का और लड़की दोनों चौदह वर्ष का है तेरह वर्ष का है बारह वर्ष का है समान उम्र में है तो उस उम्र तक लड़कियां लंबी लड़ती है लेकिन जब वही चौदह से ऊपर बारह से चौदह में जब आते हैं लड़कों में वृद्धि देखते है दस से 14 के बीच में लड़किया जो है सो लड़कों से पैदल तेजी से बढ़ती है तो एक ही उम्र के लड़किया में लड़कियां लंबी लगी लेकिन जैसे बारह से चौदह साल का आता है तो लड़का लोग बढ़ जाता है लड़कियों का दर कम पड़ता है चौदह वर्ष तक आते आते लड़के फिर लगे लगे कि फिर कम? दर के लम्बे लड़ते हैं की किस उम्र में लड़के तथा लड़कियों की वृद्धि दर सबसे कम होती है आपको ऑप्शन दे देगा नौ वर्ष तक दो से छ वर्ष के बीच में छह से दस वर्ष के बीच में दस से चौदह वर्ष के बीच में कौन सा है? छह से दस वृद्धि की वृद्धि दर सबसे तेज होती है लड़कियों का लड़कियों का वृद्धि दर लड़कों से अधिक है दस वर्ष की आयु तक लड़कों की लंबाई देखा देखा। दस वर्ष तक दोनों की वृद्धि दर क्या सबसे सबसे कम कम है है लड़के भी से लड़कों तो तो का अधिक होना दस वर्ष तक लड़कों का लड़कों की लंबाई और वजन लड़कियों से अधिक अधिक होता है पहला पॉइंट क्या हुआ 10 वर्ष की आयु तक लड़कों की लंबाई और भार से से 12 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई और वजन लड़कों से अधिक हो है ग्यारह से 12 वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई और वजन अधिक क्यों जाती है अधिक इससे पहले वृद्धि दर, दर से के लगती है लड़कियों की वृद्धि दर 10 से चौदह वर्ष के बीच में वृद्धि दर लड़कों से अधिक हो जाती है इसलिए लड़कियाँ लड़कों से बढ़ी रहती है आपको तेरह वर्ष के बाद लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लाभ में और भारत बन सकते आपका क्या प्रश्न बन सकता है के बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि तीसरा ऑप्शन लंबे कम होते हैं चौथा ऑप्शन होता है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे और भारी ऑप्शन क्या हो सकता है चार कारण है वृद्धि दर तो वृद्धि की समान चलती है छ से दस वर्ष तक समान चलती है, है? तो पहले दो वर्ष तक दोनों की वृद्धि बहुत तेज होती है दो से छह साल तक बढ़ना भी धीरे धीरे कम हो जाता है अब छोटो कम हो जाता है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है दस से चौदह लड़कियाँ देरी से बढ़ती है और बारह से चौदह में कि और और तो, तो हमें जाना वृद्धि दर के बारे में लड़कियों लड़कों करते हुए ये जो शारीरिक विकास है उसमें दोनों का जो हेरिटेड जो जाता है नई पीढ़ी में उसका प्रभाव भी प्रभावे और दूसरे बच्चे के माता पिता, पिता वजन ही है भारी है उनका वजन ज्यादा है उनका जो संतान होगा उस संतान में इसका संभावना ज्यादा होगा की वो अभी वजन ही पहला वाला संतान में कि लंबा संभावना अधिक होगी लंबे माता पिता लंबे लंबे लंबे लंबे होंगे माता अगर वजनी है तो कोई जरूरी नहीं है उसका परिवेश का प्रभाव कितने बच्चों पर का लंबाई और वजन उस जन सम्मान के अनुरूप होता है जिसके लिए हम लोग कम्युनिटी की बात करें ठीक है जाति की बात करें या धर्म की बात करें या क्षेत्र की बात करें पूर्वोत्तर के कितने बच्चे वहां पूर्वोत्तर के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लंबाई के अनुपात उसी लंबाई का लगभग पूर्वोत्तर के लोग साढ़े पांच फीट लंबे हैं ज्यादा तो वहाँ के कितने बच्चे साढ़े फीट ही होंगे छह फीट बहुत कम होंगे और चार फीट साढ़े फीट कम उसके अनुपात आग कम कितने बच्चे कितने परसेंट ऐसा हो सकता है तीसरे सौ में से कितने बच्चे अपने तो समुदाय के लोगों की लंबाई के बराबर ही होते हैं आपको हो सकता है फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट क्या हो सकता है लंबाई है तो फोर्टी परसेंट में आएंगे हाँ एटी पर नहीं रिसर्च और शामिल के द्वार तो में बच्चा उम्मीद है कि उसका कम्युनिटी तो के लोग का औसत लंबाई है 68. 68%. ठीक है ठीक अच्छा यदि हम बात करें कि के लोग लोग का वजन कितना होगा सा, अनुपात सामान्य वजन एक अनुपात कितना होगा संख्या लोग के बच्चे का एक लंबाई की कि संभावना कितनी होगी कितने बच्चों की लंबाई की संभावना तो तो 78 तो तो हाँ था बच्चों है है है है लोगों का ठीक क्या संथाल संथाल उड़ा जाति के बच्चे अपने जाति के जो समान उड़ान जाति के तो उराव 68% उराव जनजाति के बच्चे लंबे करते हैं अब 68% पूर्वोत्तर के लोग नाते रहते उसमें से कितना बच जाएगा 32 32 32% मुझसे ज्यादा लंबा होगा या मुझसे कम होगा उराव जनजाति में 32% बच्चों के संभवना होती है कि नाते रहे हाइट कम है कि 68% बच्चे हो लंबे ये तीसरा हिस्सा में लोग हैं किसका निकास निकास ये किसका प्रभाव पड़ रहा है तो लोग बात करते हैं। शारीरिक अनुपात पैर और हाथ का अनुपात ये जो मेरा नाक है और काम का अनुपात निकाले सब चीज का अनुपात अलग अलग होता है हाथ अगर पैर से बड़ा हो जाए तो कैसा लगा चलना तो ये अनुपात बनाया गया शरीर को प्रकृति के द्वारा एक अनुपात किया जाए जिससे कैसे उग्र बढ़ने के साथ है है है है है कुछ जो जन्म का समय जितना बड़ा रहता है उसमें कोई अंतर नहीं प्रसने साथियों हर बच्चे का आठ दांत के समय कितना बड़ा होता है वो आदि आठ करते हैं लेकिन बाकी किसका पात बढ़ता है ऐसा तो तो अवस्था में शरीर के अनुपात में सिर बड़ा होता है ऐसा अवस्था से दो मिश्र दो पांच अवस्था में बड़ा करता बड़ा का नहीं बता रहे थे कि शरीर से नहीं नहीं अनुपात की बात कर हां अभी जब अनुपात इकाई सर की लंबाई में खड़े की लंबाई से बात करते हैं तो कब और जब यही कहना चाहता हूँ प्रश्न हो सकता है की कि किस अवस्था में धड़ और शरीर का अनुपात सबसे अधिक होता है सैशव अवस्था बाल अवस्था किशोर अवस्था बड़ा बड़ा दूसरा है है कि व्यक्ति व्यक्ति का का शरीर अनुपात कितना होता एक लेकिन इसी में की कितना कितना यदि है है। कितना होगा? प्रत्येक आयु में लड़कियों से बड़ा होता है छोटा होता है बराबर तो होता है या बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ये क्या है लड़कों का अगला शरीर चौड़ाई में किस उतन ज्यादा बढ़ता है ऐसा रहता है की चौड़ाई ज्यादा आता है तो लंबाई कौन सा? कौन सा? लंबाई लंबाई 13 बार तक शरीर पे चौड़ाई की थोड़ा लंबाई बनता है लेकिन चौड़ाईmathbb ज्यादा होता है 13 बार 13 वर्ष का जब की लंबाई का 18 मतलब चौड़ाई लंबाई से 30% तक अधिक होगा ज्यादा होगा 13 वर्ष ये सब लंबाई चौड़ाई ये सब पड़ता है सही बात है लेकिन चौड़ाई तो बढ़ना 30% समान तक बंद हो वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष तक तक तक तक सभी चौड़ाई चौड़ाई बढ़ता है है है है है जबकि लेकिन ये का तो तो होना होता होता वो कितना बात अगर फैट हो जाना अलग खाना तेरह तेरह व आपका प्रश्न हो कि दो वर्ष तक या पूरे जीवन से से कितना परसेंट तक बढ़ जाता है? दो कितना परसेंट परसेंट तक तक तक तक बढ़ बढ़ जाता जाता है कितना? तो पर्थी सकतार पर्थी सकतार पर्थी। जो बढ़ना है है है है है दो दो वर्ष वर्ष बढ़ता बढ़ना बढ़ना रहता तो के 60 75 जो बाकी 25 पच्चीस दो वर्षगा वो या छह वर्ष तक कितना कितना उसका विकास हो 90, 90% 90% 90% है। से 90% से जो न्यूरॉन्स या आधा लंबाई पूरा हो जाता है कितने साल तेरह साल तक छोट छहरों की से ऊपर होगा उतना ही यहाँ से नीचे नीचे होगा अगर बात करें कि हाथ और पैर की लंबाई का की बात करें तो ये खटता पड़ता है हाथ हाँ तो हाथ की लंबाई को लंबाई से तो अनुपात हाँ। तो वो अनुपात घटता है जी तो उम्र के साथ घटता घटता है है, है, है कि बढ़ता है। कि, है। जीज़ी जीज़ी। कि है, बढ़ता बढ़ता कभी कभी वो समान है अनुपात जैसे गांधी नहीं था बड़ा होने के बाद क्योंकि जब के बाद पाद भी पाद रहा है रहा तो रहा है, आगे। आगे है समान में था माथा चौड़ा कोट जाता है मोटा हो जाता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे का विकास अगर प्रश्न कि बाल्य अवस्था जब सैशव अवस्था में क्या और फिर लंबाई कब बढ़ती है में और लंबाई लंबाई इसके बाद हम बात करते हैं दांतों का का विकास। विकास दांत निकलना किस अवस्था में होता है? पहला दात ऐसी छह वर्ष नहीं छह माँ से लेके 4 से 6 माह 4 से 6 महिना में जनरली बच्चे का दांत निकलना शुरू होता है लेकिन लेट भी हो सकता है 1 वर्ष तक भी किसी बच्चे को दांत आ सकता है ऐसा जनरली 5 से 6 माह हां और 2 वर्ष की उम्र तक तो बच्चे में कितना दांत हो जाता है ऐसा भी क्रॉस हो सकता है 2 वर्ष तक बच्चों में कितनी दांतें निकल जाती हैं 2 वर्ष में एक वर्ष एक दांत तो हो ही आता है और इससे एक महीने रहता दिख लेगा लेकिन 2 वर्ष तक तो लगभग 16 16 दांत सही 2 वर्ष तक 20 वर्ष तक 20 का मतलब क्या है कल रंग लिखा जाता है देखिए मैंने 2 वर्ष तक दूध के दांत कितने वर्ष तक गेलाते हैं गेलाते हैं दूध का दांत हां जो नेट टूट रहा है <laughs> कितने वर्ष तक 200 तक गेलाते हैं इसके बाद गिरना प्रारंभ हो जाता है टूटना शुरू हो जाता है दूध का दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है कितने वर्ष से 12 कितना वर्ष का बच्चा होता है जब टूटना शुरू होता है 12 कहते हैं 5 साल के बाद साल के बाद, छह से वर्ष वर्ष शुरू साल बाद, बाद भी आएगा, उसके दूध के दांत कितना? प्रारंभ हो जाते हैं, हैं और सारा के के दूध दांत कितना खत्म हो छह से बारह तक सारा दिन के दाम उसका जाता उसके जगह पर दाम है तेरह बस तक तो बस तक? बस तक? बस तक? से सर तक दाम दाम होता है कितना कितना तो अट्ठाईस बाकी का चार नाम निकालने में कितना टाइम लगता है किस किस अवस्था में लगा आकार नाम चार का 17 से 25 साल शुरू हो जाता है 17 से निकलना 25 साल तक बाकी चार पूरा हो जाता है ये चार नाम को कौन सा नाम बोलते हैं अटल नाम अटल नाम कौन अटल नाम को एकादश या आगे अच्छा अच्छा आप के कहना है कहना है चार का तो 17 से 25 साल की उम्र से निकलता है उसको अटल कहते हैं सत्रह वर्ष से पहले अकल बच्चा का नहीं है तो है चुके बच्चे खाली खड़ा नहीं कहावत है कि सत्रह से पच्चीस के बीच में चार अगर प्रश्न की दाँत जल्दी किन में आता है समझ जाता है लड़कों में लड़कियों में लड़कियों का विकास हर चीज में पहले ही हो जाए शारीरिक अलग अलग तरीके से होता है इसके बारे में तो बात करो धन्यवाद बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित यह कड़ी समाप्त हुई अगली कड़ी में हम बच्चों के गति या गामक विकास को समझें डीजी तो क्लास के साथ ताकि सीखना जारी रहे